मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तीन साल अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहती हूँ दोस्ती वफादारी मोहब्बत सब बिकते हैं सब खरीदो गुस्से नया नहीं होश में हो